दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ पुलिस भर्ती के जो मुख्यालय यहां से देखिए नवा रायपुर के अंतर्गत विभिन्न पदों में प्रारंभित लिखित परीक्षा की तिथि तय हो चुकी है ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में साथ ही इसके सिलेबस के बारे में पूरी देखने वाले सूबेदार उप निरीक्षक प्लाटूर कमांडर का छः नवम्बर से आपका एग्जाम होगा ठीक है छः नवम्बर से आपका लिखित परीक्षा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ तो सबसे पहले ज्यादा देरी न करते हुए सबसे पहले मुख्य बात की बात कर हैं परीक्षा की तिथि जो संभावित है छः नवंबर 2022 को रविवार को होगा परीक्षा की तिथि ठीक है प्लाटोर कमांडर सूबेदार उपनिरीक्षक का ठीक है अभी से तैयारी करना शुरू कर दो परीक्षा के समय की बात करें तो अपना दो बजे से चार बज पंद्रह मिनट तक रहेगी दोपहर दो बजे से प्रारंभ होगी ऑनलाइन आवेदन पत्र जो भरने की प्रारंभिक तिथि 26 नौ दो को यानी कि छब्बीस सितम्बर से प्रारंभ हो चुकी है ठीक है आज बुधवार है मतलब आज सत्य मिनट न आज मंगलवार है आपका मतलब कल से प्रारंभ हो चुकी है साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 16 दस 2022 को रविवार को दिया गया है ठीक है 16 अक्टूबर को दिया गया इसका लास्ट समय है। अब वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की जो तिथि है 28 अक्टूबर 2022 को दिया गया है परीक्षा के केंद्र के बारे में बात करें आप देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि परीक्षा पाँच संभावित मुख्यालयों में दिया गया है अंबिकापुर बिलासपुर दुर्गा जगदलपुर और रायपुर इसके सिलेबस के बारे में भी देखेंगे इसके बाद जस्ट मैं आपको सिलेबस बताऊंगा कि कैसे तैयारी करना है सुबेदार उपनिरीक्षक का इसका लिखित परीक्षा मैं आप सभी को बता चुका हूँ छः नवम्बर दो को इसका लिखित पेपर होगा साथ ही इसको ध्यान से समझिएगा कि देखिए ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में जो जाति जन्मतिथि निवास संबंध प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं लेकिन अभ्यर्थी सभी का प्रमाण पत्र परीक्षण नियुक्त कर पदाधिकारी द्वारा नियुक्त के पहले ही अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए व्यापम जवाबदारी नहीं लेगा इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं का होगा यानी कि अभ्यर्थी स्वयं इसका होगा इसलिए मैं आप सभी को बार बार बता चुका हूँ चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस की कैसे तैयारी करना है ठीक है कितने नंबर से पूछा जाएगा चलिए अब हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं तो सूबेदार उपनिरीक्षित समर्ग प्लाटोर कमांडर के चयन हेतु जो प्रक्रिया है प्रारंभिक लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम देखने वाले हैं यानी कि सिलेबस देखने वाले हैं कैसे प्रश्न पूछा जाता है तो चलिए देखिए यहाँ पर पूर्णांक आपका 300 का होगा जिसमें समय दो घंटे का दिया जाएगा ठीक है ध्यान से समझिएगा कैसे तैयारी करना यह भी आप सभी को बताने वाला हूँ परीक्षा दो घंटे की होगी ठीक है जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के सौ प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के तीन अंक होंगे ठीक है ऋणात्मक अंक नहीं होगा यानी कि आपको यहाँ पर फायदा है कि यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा ठीक है प्रत्येक प्रश्न में आपको तीन अंक होंगे जबकि यहाँ पर ऋणात्मक अंग नहीं दिए जाएंगे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी ध्यान से समझिएगा निगेटिव मार्किंग नहीं होगी ना सबसे पहले समझिएगा यहाँ पर सामान्य अध्ययन के लिए ठीक है सामान्य अध्ययन के लिए एक अंक का आएगा इसमें भारत का इतिहास भारत के भौतिक भारत का संविधान भारत की अर्थव्यवस्था सामान्य विज्ञान सामान्य दर्शन भारतीय कला संस्कृत साहित्य समसामायिक घटनाएं और पर्यावरण ये तो व्यापम और पीएससी का सिलेबस ही है जैसे व्यापम में पीएससी में होता है उसी प्रकार का सामान्य अध्ययन में पूछा जाएगा लेकिन आपका यहाँ पर 105 अंक का होगा सामान्य ज्ञान ठीक है सामान्य अध्ययन इसके बाद बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की ठीक है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान देखिए यहाँ पर आपका पचहत्तर नंबर का पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का इतिहास से छत्तीसगढ़ का भूगोल से छत्तीसगढ़ के साहित्य छत्तीसगढ़ का जनजाति विशेष परम्पराएँ तीस त्यौहार छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था कृषि से संबंधित छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा स्थानीय शासन पंचायती राज व्यवस्था छत्तीसगढ़ के उद्योग छत्तीसगढ़ का समसामायिक घटनाएं यहां पर जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे छत्तीसगढ़ से पूछे जाएंगे छत्तीसगढ़ के समान ज्ञान यानी कि आपका देखिए पी और व्यापम में यानी कि सिलेबस आपको सेम देखने को मिलेगा यहाँ पर जैसे कि भारत का सामान्य जहाँ छत्तीसगढ़ का सामान्य जहाँ लेकिन आपको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा ठीक है आपको व्यापक में उतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है जबकि पी में पूरा डीप पूछा जाता है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ सिलेबस को ध्यान से समझिएगा कितने नंबर का पूछा जा रहा है ये भी आप सभी को मैं बता रहा हूँ ठीक है इसके बाद कंप्यूटर की सामान्य जानकारी देखिए कंप्यूटर का आपका पंद्रह नंबर का पूछा जाएगा ठीक है कंप्यूटर का पंद्रह नंबर पूछा जाएगा कंप्यूटर के सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में साथ ही छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बारहवीं के कक्षा स्तर का आपका सामान्य जानकारी रहेगा कंप्यूटर का इसके बाद देखिए यहाँ पर मानसिक योग्यता के बारे में बात करें सामान्य मानसिक योग्यता आपका तीस नंबर का पूछा जाएगा कितने नंबर का पूछा जाएगा तीस नंबर ध्यान से समझेगा इसमें तीस नंबर पूछा जाएगा सामान्य मानसिक योग्यता में तर्क करना संबंध देखना एलोलॉजी तर्क तार्किक है न परीक्षण ये सामान्य आपके रहेंगे रीजनिंग बोलते हैं उसको तो क्या बोलते हैं रीजनिंग कहा जाता है ठीक है इसमें छुपे हुआ चित्र गणितीय संक्रियाएं चित्र का मिलान विभिन्न पैटर्न के आदि यहाँ पर मानसिक योग्यता पूछे जाएंगे इसके बाद आपका गणित का 30 नंबर का रहेगा ठीक है गणित का सामान्य गणित में आपका तीस नंबर का पूछा जाएगा ठीक है ये सामान्य कॉमन बात है व्यापम में रहता ही है सामान्य गणित में बात करें दार्शनिक प्रणाली यानी कि लंबाई क्षेत्रफल आयता यहाँ से संख्याएँ पूर्ण सम विषम अवाज आरोही और रोही, क्रम साधारण भिन्न ठीक है वर्ग औसत प्रतिशत यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे इसके बाद आप देखिए चाल समय दूरी यहाँ पर ब्याज लाभ हानि अनुपात प्रतिशत रेखा कोण समतली दिशा ज्ञान यानी गणित से आपको बिल्कुल तीस नंबर में कम से कम पच्चीस नंबर ला सकते हैं ऐसा स्कोरिंग ठीक है मैं डेली आपको कराऊंगा हमारे यूट्यूब चैनल पर कल से प्रारंभ हो चुकी है सब इंस्पेक्टर की क्लास ठीक है डेली आपको सिलेबस के अनुसार आपको बिल्कुल कोर्स कराया जाएगा और यहाँ एग्जाम से पहले आपको पूरा कंप्लीट कराने के लिए हम तैयार हैं ठीक है, है? सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी में आपका तीस नंबर का पूछा जाएगा ठीक है सामान्य हिंदी में आपका तीस नंबर का पूछा जाएगा लेकिन आप सभी को मैं बता रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश का जो क्लास है या सिलेबस है उसको आप अपने तरीके से कर लीजिएगा ठीक है लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान भारत का सामान्य ज्ञान साथ ही कंप्यूटर का डेली क्लासेस कल से प्रारंभ हो चुकी है जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा ठीक है कल से हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रारंभ हो चुकी है सब इंस्पेक्टर की क्लास ठीक है कंप्यूटर की क्लास अपलोड हो चुकी है जाके आप ज्वाइन कीजिएगा ठीक है इसके बाद आप सभी को मैं बताऊँगा कि गणित से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे कल से हमारे YouTube चैनल पर गणित की क्लास स्टार्ट हो जाएगी ठीक है गणित की क्लास स्टार्ट हो जाएगी तीस नंबर का गणित में पूछा जाएगा तो आपको पच्चीस नंबर तक हम आपको सिलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं देखिए अब हिंदी में कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाएगा संज्ञा से सर्वनाम से समास संधि व्याकरण ये सब आप हिंदी का है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा ठीक है ये हिंदी का आप लोग पढ़ लीजिएगा और अंग्रेजी का भी आप लोग पढ़ लीजिएगा ठीक है नंबर जेंडर प्रोनाउन यहाँ से अंग्रेजी का आपको पंद्रह नंबर के प्रश्न पूछा जाएगा ठीक है टोटल यानी कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है यानी कि आपको तीन नंबर का यहाँ पर प्रश्न रहेंगे ठीक है तीन अंक का सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा ठीक है एक अब तीन नंबर का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा आपका सौ प्रश्न रहेंगे उसमें पूर्णांक तीन सौ का होगा यानी कि प्रत्येक प्रश्न में आपको तीन अंक दिया जाएगा ठीक है इसको ध्यान से समझेगा इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है मैं आप सभी को बार बार बताया हूं और देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सामान्य ज्ञान की क्लास स्टार्ट हो चुकी है सामान्य अध्ययन से भारत से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं डेली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देगा टेस्ट सीरीज चलेगा जो लोग अभी तक बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से वीडियो पर जाइए सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा कल से स्टार्ट हो चुकी है ठीक है आजकल इतना ही